वर्फल 2020 में क्या कुछ शनिदेव का प्रभाव रहेगा तो देखिए साल 2020 में शनिदेव जो हैं अभी तक आपके भाग्य के घर में चल रहे थे धनु राशि में चल रहे थे लेकिन अभी स्व राशि आ रहे हैं अर्थात दसम भाव में आ रहे हैं दशम भाव दर्शकों किस चीज़ का होता है तो दशम भाव आपकी होता है प्रभुता का आपके होता है अधिकार का आपके होता है कर्मों का आपके होता है करियर का तो लिहाजा इस दृष्टिकोण से आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा दसम भाव जो होता है पॉलिटिक्स का भी होता है ये राज्य का भी होता है ये कारोबार का भी होता है उद्योग धंधों का होता है तो इन सभी चीजों में आपको वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है पॉलिटिक्स लाइन में भी मेष राशि के जातक काफी अच्छे परिणाम हासिल करते हुए दिखाई पड़ेंगे बस ये रहेगा कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए मेष राशि के जातकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये साल आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है आपके खर्चे बहुत अधिक होंगे आर्थिक स्थिति आपकी डामाडोल हो सकती है क्योंकि शनि देव जो टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं यहाँ से तीसरी दृष्टि द्वादश स्थान को कर जो है ये खर्च के घर को देख रहे हैं द्वादश स्थान जो होता है ये नुकसान का होता है आपके कर्ज का होता है संन्यास का होता है तो आप लोग लोन वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िएगा अन्यथा बड़ी स्थिति डामाडोल होगी तो साल के में आर्थिक अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्राओं पर दर्शकों जा सकते हैं इस साल जो ये शनि का गोचर रहेगा ढाई वर्ष तक जो शनि आपके रहेंगे मकर राशि में तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पर बैठा शनि सप्तम दृष्टि आपके फोर्थ हाउस को दे रहा है सुख के घर को दे रहा है यहाँ पर कर्क राशि देखिए उदित होती है तो आपको कोई नई जमीन वगैरह की प्राप्ति होगी कोई नया वाहन इस दौरान आप करते हुए नजर आएंगे माता को पेट से रिलेटेड ज्वाइंट पेन से रिलेटेड कोई ना कोई दर्द होगा आपको कोई जो है पैतृक संपत्ति या कह सकते हैं गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि शनि आपकी कुंडली में टेंथ हाउस के और एकादश स्थान के लॉर्ड भी बनते हैं एकादश स्थान जो होता है ये लाभ का होता है आपकी इनकम का होता है तो इनकम कुल मिला करके आपकी अच्छी रहेगी उपाय के तौर पर जो मेष राशि के हमारे जातक है इनको करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन दशरथ शनि स्रोत का आप लोग पाठ करिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप डेली तीन बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये प्रयोग आप लोग करिए आपके जीवन में शुभता आएगी उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा नए हैं दर्शकों तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में आइकन दबाइए और पुराने भी हैं